दय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद आनंद है जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है लेके राम नाम का सहा करके किनारा प्रभु की राजा में जो राजमंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है किस कह हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है मन के मंदिर में राम को बसा लो अपनी मुक्ति का रास्ता बना लो मन के मंदिर में राम को बसा लो अपनी मुक्ति का रास्ता बना लो लोसे कटते चौरसिक के है जिसे जिससे थे सौरासी के फंद है उसको हर घरियानंद आनंद है जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घरिया आनंद स्वर्गी इच्छा न होती इच्छा न होती स्वर्ग जाने की इच्छा न होती मुक्ति पाने की इच्छा न होती भाव भगती से भाव भगती से मिलता प्रमानंद है उसको हर घड़ी आनंद आनंद है जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर गरी आनंद पूरी संगत की रंगत से दूर रहें निंदा चुंगली कभी ना किसी की करें संगत के रंगत से दूर रहे निंदा चुनली कभी ना किसी से कहे जिसको हर दम सत्संग पसंद है उसको हर घर आनंद आनंद है जिसके हृदय में राम नाम बंद है